ए ए ए आगे तेरा सीटों से कंे लिए जाते हैं राजा महाराजा होगा टोला हे टोला हे टोला हे टोला जी